शुभ प्रभात नमस्कार जय श्री कृष्णा गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ कि सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे अगर आपने भी ज़िंदगी में फैसला कर लिया है कि आप भी आगे बढ़ना चाहते हो तो फिर पलट कर मत देखिएगा क्योंकि जो लोग पलट कर पीछे देखते हैं वो कभी इतिहास नहीं रचते हैं आपका कल कैसा होगा इसका फैसला आज के कामों के आधार पर ही होगा और जो लोग जीतने की इच्छा करने वाले होते हैं वो कभी हारने के बारे में नहीं सोचते और जो लोग हारने के बारे में सोचते हैं वो कभी जीत नहीं पाते हैं और अगर आपकी कोई परेशानी या समस्या है उस पर आप ज़्यादा ध्यान लगाते हो तो आपका ध्यान अपने लक्ष्य से भटक जाएगा और इसी प्रकार आप इसका उल्टा करेंगे जैसे लक्ष्य पर ध्यान लगाएंगे तो आप अपनी समस्या भूल जाएंगे कुछ लोग तो हमेशा परिस्थितियों को ही दोष देते हैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ काफ़ी समय पहले की बात है दोस्तों एक आदमी रेगिस्तान में फंस गया था वह मन ही मन अपने काम आपको बोल रहा था कि यह कितनी अच्छी और सुंदर जगह है अगर यहाँ पर पानी होता तो यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे पेड़ उग जाए होते और यहाँ पर कितने लोग घूमने आना चाहते होंगे मतलब वो आरोप लगा रहा था कि यह होता तो वो होता तो ऐसा होता तो शायद ऐसा होता ऊपर वाला देख रहा था अब उस इंसान ने सोचा यहाँ पर पानी नहीं दिख रहा है उसको थोड़ी देर आगे जाने के बाद उसको एक कुआँ दिखाई दिया जो कि पानी से लबालब भरा हुआ था काफ़ी देर तक विचार विमर्श करता रहा कुछ से फिर बाद उसने उसको वहाँ पर एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी उसके बाद कहीं से एक पर्ची उड़ के आती है जिस पर्ची में लिखा हुआ था तुमने कहा था कि यहाँ पर पानी का कोई स्रोत नहीं है अब तुम्हारे पास पानी का स्रोत भी है अगर तुम जाते हो तो यहाँ पर पौधे लगा सकते हो और वह चला गया दोस्तों तो यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आप परिस्थितियों को दोष देते हो कि अगर यहाँ पर ऐसा हो और आपको वह शोर्सेज मिल जाए तो क्या परिस्थिति में आप बदलाव कर सकते हो इस कहानी में तो यही लगता है कि लोग सिर्फ परिस्थिति को ही दोष देना जानते हैं अगर उनके पास उचित साधन हो तो परिस्थिति को बदल नहीं सकते सिर्फ दोष ही देते दे रह जाते हैं कि हमें ऐसा नहीं बनना है अगर आप चाहते हो कि परिस्थिति बदले और आपको उसके लिए उपयुक्त साधन मिल जाए तो आप अपना एक वर्ष योगदान तो दे ही सकते हैं अगर आपके साथ ऐसी घटना घटित होती है तो आप अपना योगदान जरूर दे, देंगे इसी कहानी के साथ हमने अपने व्लॉग में आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो हम यहाँ पर बना रहे हैं बचे हुए चावल का फरा तो मैंने यहाँ पे कल रात के बचे हुए चावल लिए थे और उसमें चावल का आटा और नमक मिला के उसको मिक्स करके आटा बना लिया है और उसको हम शेप दे रहे हैं और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मुरगों के लिए चावल जो कि बनने वाला है यहाँ पे मैंने रखी है कढ़ाई उसमें डाल दिया मैंने तेल तेल जब गर्म होगा तो मैं उसमें डाल दूँगी कुछ ड्राई के दाने अब लाल मिर्च सूखी वाली भी डाल सकते हैं मेरी बेटी भी खाएगी इसलिए मैं यहाँ पे वो नहीं डाल रही हूँ अब हम इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए अब जब ये ब्राउन हो जाए तो उसमें एक गिलास पानी डाल देंगे जैसे ही ये पानी उबलने के लिए रेडी हो जाएगा तो हम उसमें ये बनाए हुए चावल आटे का, का फरा डाल देंगे आप इसमें सूखी तिल भी डाल सकते हो जीरा भी डाल सकते हो तो ये देखिए मैंने सारे फ्रे लगातार एक के बाद एक डाल रही हूँ आप भी ऐसा ही कीजिएगा ये छत्तीसगढ़ में बनाने वाला बहुत ही फेमस रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो लीजिए मैंने यहाँ पे सारे फ्रे डाल दिए हैं अब मैंने इसको ढक दिया है देखिए पानी पूरी सूख सूख गई है और ये लगभग बनने के लिए तैयार है अब हम इसको थोड़ी देर के लिए और पकने देंगे तो लीजिए पक गया है हमारी रोटी भी अब हम इस देखिए इस तरह से तैयार हो जाएगा बहुत ही जल्दी बनेगा ये रेसिपी और खाने में भी अच्छा है इसमें सिर्फ आपको चा बचे हुए चावल या फिर चावल का आटा और नमक ही डालना है बस बहुत ही आसान सी रेसिपी है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनती है आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मैं अपने इस व्लॉग में आपके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं इसे निकाल लेती हूँ थाली में खाने के लिए और साथ में है आंवले की चटनी तो पूछते हैं इसे कैसा बनाए अच्छा बनाए तो यहाँ पे मेरे पके हुए चावल लिए हैं और उसको बनाने के लिए मैंने जो मेरे पास नमक की पॉलीथीन थी उसको लिया है मैं इस चावल को इस पॉलीथिन में भरूंगी और उसकी सहायता से इसमें मुर्गो बनाऊंगी मैंने इसमें चावल और नमक पानी के साथ पकाया है बस आप इसमें बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं जिसे मीठा सोडा बोलते हैं आप वो भी डाल सकते हैं इससे ये तलने के तलने के टाइम अच्छे से फूलता भी है तो मेरे पास अभी नहीं है तो मैंने इसमें नहीं डाला है अब हम थोड़ी सी पॉलीथीन को काट लेंगे और हमें इसी तरह से शेप देना है डाउन शेप आप जैसे चाहे वैसे दे सकते हैं मुझे ये वाला अच्छा लगता है तो मैंने यही वाला दे दिया है तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में और खाइएगा और सबको खिलाइएगा फ्रेंड देखते रहिए मेरा व्लॉग में पूरा बनाने का प्रोसेस फिर आप लोग भी बनाइएगा अपने घर वो तो धान कूटने के बाद जो टुकड़े टुकड़े होते हैं उसमें भी ये बहुत ही अच्छा बनता है मैं यहाँ पे चावल का बना रही हूँ आप चावल का भी बना सकते हो और चावल के टुकड़े का भी बना सकते हो इस चावल के आटे से भी बनाए जाते हैं लेकिन मुझे नहीं आता तो मैं नहीं बना रही हूँ कई बार बार कोशिश की हूँ बनाने की लेकिन बनता ही नहीं मेरे से हमारे यहाँ चाची बहुत अच्छे से बनाती है चावल के आटे का देखी हूँ फिर भी नहीं बन पाता है मेरे से अच्छे से तो मैं यहाँ पे चावल का ही बनाती हूँ वो मेरे से अच्छा भी बनता है और खाने में भी अच्छा लगता है लेकिन इस इसको बनाने के लिए साँचा भी मिलता है आप वो भी ख़रीद के बना सकते हो अगर आप बनाना चाहो तो तो हमारे यहाँ पे ऐसे ही बनाते हैं रात के दिनों में चाय के साथ अच्छा लगता है हमारे यहाँ सारे मिल के हम लोग यही बनाते थे बहुत सारा और वहाँ पे धूप भी होता था खाट लगाओ और उसमें सुखा दो मेरे पास यहाँ पर जगह थोड़ी कम है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ही बनाई हूँ तो आज के ब्लॉग में मैंने आपसे यही शेयर किया है ये छत्तीसगढ़ की डिश है रेसिपी लगभग सभी के यहाँ बनता है ये बहुत ही स्वादिष्ट तो आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ यही शेयर कर रही हूँ आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी रेसिपी अगर पसंद आई होगी तो आप लोग अपने घर में भी ट्राई कीजिएगा और आज के ब्लॉग में बस इसी रेसिपी के साथ आप लोगों को बाय बोलती हूँ और मैं मिलूँगी आपको मेरे अगले व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ तो तब तक के लिए बाय बाय और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मैं मिलती हूँ आपको मेरे अगले व्लॉग में बाय बाय दोस्तों आपका दिन अच्छा हो सब खुश रहो और हंसते गाते रहो